ये सच है कि एक बूंद पानी की हज़ारों की प्यास बुझा नहीं सकते ये भी सच है कि एक टुकड़ा रोटी का सारे जहां की भूख मिटा नहीं सकता और यह भी सच है कि एक ढाल हज़ारों तलवारों का वार बचा नहीं सकती लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मुझे विश्वास है कि जब कल इतिहास रचा जाएगा तब मेरा नाम दुनिया मिटाने वालों में नहीं दुनिया बचाने वालों में लिखा जाएगा